रचाय श्रेषि को जिस प्रभु ने वही श्रेषि चला गये रचाय श्री को जिस प्रभु ने वही श्रेष्ठि चला गुप्ता समय ऐसत नियम नहीं धराका ऐसत नियम नहीं धराका वहीं I'm alive. जा जगत में आना जिन्होंने भेजा जगत में आना तय कर दिया के फिर से जाना जायकर दिया नोट के फिर जो धान की बालियों में तमारी नेहदे सिलाड़ियों में बैठे हैं जो धान की बालियों में हमारी नेहदे सिलाड़ाली चला चला बांके बिहारी से हमारी लड़ गई आखिया सखीरी बात बिहार त्री से हमारी लड़ गई आखिया सखीरी बात बिहार त्री से हमारी लड़ गई आखिया बताई थी बहुत लेकिन बताई थी बहुत लेकिन बताई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़े गई सुखिया बताई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई सखीरे बाके लड़ गई अखियाँ सखीरे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी न जाने क्या किया जादू न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ चमकती आय चमक चमकती आये बड़ी थी चमकती आये बड़ी थी कले गई सकी बिहारी हमारी डाली जली आछिया चली स भरी चितवन मरिया हो देू दिश रस भरी चितवन मरिया कौमला हो री कितब हो कहो तो तो कहो कैसे कहाँ जाऊ कहो तो कैसे कहाँ जाऊँ ये पीछे पड़ गई अपना बाक बिहारी हमारी घर घर घ निकेले प्राण मगर ये न निकले। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये मगरिए न निकले। अंधेरे अंधेरे मन की मंदिर में अंधेरे मन की मंदिर में मणिजी गढ़ गई के बिहारी थे हमारी जड़ गई आज यहाँ सभी बाहारी थे हमारी जड़ गई आज लड़ गई बचाई की बहूते ले गोरी लड़ गई बचाई बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई बाट बिहार लड़ गई बाट बिहारी लड़ गलीके बिहाल ची हमार लड़गरी अपना कठिन बात बिहार हमारे लड़ गली में चलू जहाँ जहा चलो मजने चलो चलो मैं चलो जहाँ थे रखे दो जहाँ आ रखे दो वही मैं रहू जहाँ ले मर ना कोई लहना ना कोई अरा गलो कर करो ना जो चेर मर गिला जाो तुम्हें से कहू ले चलो चल चहले चलो